बच्चन परिवार की प्यारी बेटिया नव्या नवेली नंदा इन दिनों भोपाल में है हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज अपलोड करे हैं, जिसमें नव्या भोपाल को एक्सप्लोर करती नजर आ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं नव्या भोपाल की गलियों में चाट पकोड़ी के आनंद भी लेती नजर आ रही है नव्या नवेली नंदा जितना ही बड़ा नाम है ये उतनी ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है नव्या हमेशा कुछ ऐसा कर जाती है जो उनके फैंस को काफी पसंद आता है देखिए मेरे साथ नव्या की फोटोज ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए रखल न्यूज